कभी सोचा है तुमने लाइफ कैसी होती अगर इसमें माँ ना होती पैसा तो होता लेकिन बरकत ना होती धूप लगे तो आंचल से कौन छिपाता पापा की नोट से कौन बचाता कौन कहता जल्दी अगर वापस आना बेटा बाहर कोई कुछ दे तो मत खाना छाता ले जा साथ में तुझे धूप लगेगी टिफिन बांध दिया है खा लेना जब धूप लगेगी अपने पाँव तपाकर तुमको स्कूल छोड़ने जाती थी डेली निवाला अपने हाथों से तुम्हें खिलाती थी माथे का वो काला टीका जो तुमको भाता नहीं था अरे काला अक्षर भैंस बराबर जब तुमको आता नहीं था तब तो हाथ जल जाते थे जिसके तुम्हारी फेवरेट डिश बनाने में खुद का मन माँ मार लेती थी तुमको बैड बॉल दिलवाने आज लाखों हैं फ्रेंड्स तुम्हारे फेसबुक की लिस्ट में पर टाइम देते हो मम्मी को थोड़ी थोड़ी किस तुम इंस्टा की रील में घंटों अटके रहते हो ज्ञान बांटते हो सोशल मीडिया पे माँ से कुछ भी नहीं कहते अरे ढूंढ रही हो आज भी तुमसे बात का एक बहाना आज वो सीख रही है वीडियो कॉल लगाना जे भले ही गर्मो दोस्त बैंक में तेरे पैसा है पर सिर्फ माँ ही दिल से पूछती है मेरा बेटा कैसा है